जय हिंद ये विज्ञान का पार्ट तीन है जो लोग एक से दो नहीं देखे देखें हमारे चैनल पर चले जाएं या यहाँ पर एक आई बटन होगा वहाँ पर क्लिक करके सीधे वीडियोज पर पहुँच सकते हैं तो चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न प्रश्न नंबर एक है सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन है स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ बी सोनार सी साइक्लोट्रॉन और डी सिस्मोग्राफ तो प्रश्न नंबर एक का सही उत्तर आप लोग बता दीजिए क्या होगा एक पेपर पेन लेकर बैठ जाइए साथ में हल करिए लास्ट में बताइएगा आपके कितने प्रश्न आपके सही हुए तो प्रश्न नंबर एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इसपेक्ट्रोहीलियोग्राफ प्रश्न नंबर दो किलोवाट घंटा एक यूनिट है ऑप्शन ए ऊर्जा का बी शक्ति का सी बल का डी समेक का तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऊर्जा का प्रश्न नंबर तीन थर्म किसका यूनिट है ऑप्शन ए शक्ति का बी ऊष्मा का सी प्रकाश का डी दूरी का तो प्रश्न नंबर तीन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऊष्मा का प्रश्न नंबर चार बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं ऑप्शन ए मर्करी तापमापी बी प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का सी ताप तापवैध्युत का या फिर इनमें से कोई भी नहीं तो प्रश्न नंबर चार का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ताप तापवैध्युत उत्त का प्रश्न नंबर पाँच एक्सरे एक्स किरणों के तरंग दर्द को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन ए ब्रेक स्पेक्ट्रोमापी बी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमापी सी जीएम काउंटर या फिर डी साइक्लोट्रॉन प्रश्न नंबर पाँच का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ब्रेक स्पेक्ट्रोमापी प्रश्न नंबर छह हर्ट क्या मापने की एक यूनिट है ऑप्शन ए तरंगों की आवृत्ति बी तरंग सी तरंगों की तीव्रता या फिर डी तरंगों की स्पष्टता प्रश्न नंबर छ का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए हर्ष का प्रयोग किया जाता है प्रश्न नंबर सात बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है आप्सन आवृत्ति बी तापमान सी वेग, डी तरंग दर्द तो प्रश्न नंबर सात का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तापमान प्रश्न नंबर आठ एक्सरे की खोज किसने की थी ऑप्शन ए बैकेरल बी रोयटंजन सी मैडम क्वेरी मैडम सी मैरी क्वेरी या फिर डी वान लू तो प्रश्न नंबर आठ का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रोइटेंजन प्रश्न नंबर नौ वर्ष होता है ऑप्शन ए वह वर्ष जिसमें सूर्य द्वारा सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो बी वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी या फिर डी सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी तो प्रकाश वर्ष क्या होता है प्रश्न नंबर नौ का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रश्न नंबर दस पारसेक मात्रक है ऑप्शन ए दूरी का बी समय का सी प्रकाश की चमक का या फिर डी चुंबकीय बल का तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दूरी का तो प्रश्न नंबर 10 इस मॉक टेस्ट का आखिरी प्रश्न था यह वीडियो आपको कैसा लगा है अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद